सबसे पहले अपने नेम का फर्स्ट अल्फाबेट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए आपके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट बताएगा कि आप कितने परसेंट क्यूट हो जानना है ना वीडियो को लाइक जरूर कर देना कर दिया लो देख लो फिर